दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से स्वयं एक नया पहचान पत्र किस प्रकार से कर सकते हैं तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा इसका हम पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है वोटल हेल्प वो एप्लीकेशन इस प्रकार से दिखेगी आपको तो हमने डाउनलोड कर रखी है आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और करने के बाद आप इसको ओपन करिएगा जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये इस प्रकार से आई एग्री का ऑप्शन आएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप ये नेक्स्ट इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे लैंग्वेज करने के लिए बोलेगी तो इस पर आपको हिंदी इंग्लिश जिस भी भाषा में आप चलाना चाहते हो उस पे आपको एक लैंग्वेज पे सेलेक्ट कर लेना है तो इंग्लिश ऑलरेडी डिफाइड में लगी हुई है हम इसको इंग्लिस ही पे गेट स्टार्टेड कर देते हैं उसके बाद अब आपको यहाँ पर ये यह जो एक्सप्लोर देख रहे हैं तीन डॉट यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर नया आवेदन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप ये देख सकते हैं न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिक्स इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद लेट्स इस्टार्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपसे बता रहा है आर योर फॉर वोटर वोटर आईडी आईडी फर्स्ट टाइम क्या आप पहली बार इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये जो यस पे लगा हुआ है इसी पे एक लगा रहने दें और नेक्स्ट कर दें नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिये स्टेट आप जिस भी प्रांत के हूँ यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है स्टेट सेलेक्ट करने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट अब आप उस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो यहाँ पे अब आपको अपना डिस्ट्रिक सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट के बाद असम्बली अब आपको यहाँ पे अपनी असेम्बली सेलेक्ट करनी है उसके बाद अब आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ दर्ज करनी है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ अब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का जो डाक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड करना है तो उसके लिए आप चाहे और और तो अपना स्वयं प्रमाणित फ़ोटो कापी जिसमें हस्ताक्षर हों उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं तो चलिए हम फोटो अपलोड कर देते हैं यहाँ जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैमरा और गैलरी अब इन दोनों में से जिसमें आप चाहें तो डायरेक्ट फ़ोटो खींच करके भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और अगर गैलरी में सेव रखी है तो आप गैलरी से भी चूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं तो ये देखिए हमने आधार कार्ड अपलोड कर दिया है अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू भी उसका देख सकते हैं उसके बाद आप ये नेक्स्ट इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड पिक्चर अब आपको जो भी पहचान पत्र में फ़ोटो लगानी है यहाँ पे आपको अपलोड करनी है तो चलिए हम एक फ़ोटो लगा देते हैं इसी प्रकार हमको गैलरी पर जाना है गैलरी पर जाने के बाद ये हमने फ़ोटो सिलेक्ट की और इस फ़ोटो को यस किया और ये फ़ोटो आप देख सकते हैं ये लग चुके हैं इसके बाद अब आपको यहां पर दर्ज करना है मेल है फीमेल है या जो भी तो यहां पे आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर नाम जिसका जो भी आवेदक है उसका यहां पे नाम आपको इंग्लिश में दर्ज करना है और ये अपने आप ही ऑटो ट्रांसलेट हिंदी में भी हो जाएगा तो चलिए दोस्तों हम नाम दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप नाम डाल दीजिए आवेदक का जो भी नाम है नाम डालने के बाद आप यहां पर रीजनल तो जैसे ही आप ये अपना नाम डालेंगे तो नाम डालने के बाद ये आपका हिंदी में अपने आप ही ले लेगा वो अगर बाय चांस गलत में शब्द उठा भी ले तो आप उसको अपने से खुद करेक्शन कर सकते हैं उसके बाद यहां पे सर नेम अगर हो तो डाल दें ना हो तो कोई बात नहीं आधार डिटेल अब यहाँ आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है और यहाँ पर अगर ना देना चाहें तो यहाँ पर टिक लगा दें तो आप ना ना भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है कंपल्सरी नहीं है कि आधार दें उसके बाद मोबाइल नंबर एप्लीकेंट तो यहाँ पर अब आपको अपना जो यूनिक मोबाइल नंबर हो क्योंकि अगर ये पहचान पत्र बन गया तो बनने के बाद इसी मोबाइल नंबर पे ओ आएगा वेरीफाई के लिए तो वो नंबर दें जो कोई दूसरे मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड दूसरे पहचान पत्र पे रजिस्टर्ड ना हो तो ये एक यूनिक मोबाइल नंबर है तो इसको हमने दर्ज कर दिया है इसके बाद मोबाइल नंबर ऑफ रिलेटिव अगर है तो दे दें नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं ई मेल अगर आपके पास ई मेल है तो ई मेल दर्ज कर दें या कोई रिलेटिव की है तो आप उनकी भी कर सकते हैं उसके बाद डिसबिलिटी अगर विकलांग वगैरह या कुछ हो तो आप यहाँ पे दर्ज करें वरना ये नेक्स्ट इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है रिलेशन टाइप तो अब आप यहाँ पर अपना फादर मदर हस्बैंड या जो भी है जिनका भी नाम आप देना चाहें तो दे सकते हैं तो यहाँ पे हम फादर को सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंटर वोटर आई नंबर फैमिली मेंबर तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटर वोटर आई नंबर ऑफ फैमिली में सूट अगर आपके पिताजी का वोटर आई डी नंबर है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं उसके बाद नेम ऑफ रिलेटिव तो so यहाँ पे आप अपने पिता का नाम दर्ज कर दें नाम दर्ज करने के बाद यहाँ पर अपने आप ही हिंदी में दर्ज हो जाएगा उसके बाद अगर लास्ट नेम है दर्ज कर दें वो अगर है तो ठीक है वरना कोई बात नहीं लास्ट नेम ऑफ रिलेटिव अगर आप चाहें तो यहाँ पर लास्ट नेम ऑफ रिलेटिव ये भी दर्ज कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है ठीक तो यहाँ पर अब आप अपना आपको एड्रेस वो एड्रेस यहाँ पे दर्ज कर देना है तो चलिए दोस्तों हम एड्रेस दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर रेसिडेंट फुल एड्रेस फिल करना है तो चलिए हम यहाँ पे फिल कर देते हैं हाउस बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर पर यहाँ पर आपका अगर हाउस नंबर है तो यहाँ पे दर्ज कर दें वो अगर नहीं है तो आप यहाँ पर एन एन या ज़ीरो भी दर्ज कर सकते हैं उसके बाद स्ट्रीट एरिया अब आपका जो भी स्ट्रीट एरिया है वो यहाँ पर दर्ज कर दें हिंदी में अपने आप हो जाएगा उसके बाद जिस भी आप टाउन या विलेज के हैं तो आप यहां पर अपना जिले का नाम दर्ज कर दें उसके बाद पोस्ट ऑफिस अपने जिले का जो भी पोस्ट ऑफिस लगता हो वो यहां पे अब आपको अपना पिन कोड दर्ज कर देना है पिन कोड दर्ज करने के बाद तहसील और तहसील सेलेक्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ तो आप एड्रेस प्रूफ में आधार दे सकते हैं आईडी प्रूफ में भी उधर हमने दिया था और अब यहां पर एड्रेस प्रूफ में भी हम यहां पे आधार कार्ड सबमिट करेंगे तो उसके बाद अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डाक्यूमेंट तो यहां पे आप देख सकते हैं अपलोड इस अपलोड पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद गैलरी में आपने जहां पर भी रख रखा हो बस आपको वहाँ से अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर येस यह। तो अब आप देख सकते हैं हमारा आधार कार्ड अपलोड हो गया है और अपलोड होने के बाद ये आप जो देख रहे हैं नेक्स्ट इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं डिग्लेसन फॉर्म आ जाएगा अब ये डिग्लेसन फॉर्म को आप सही से चेक कर लें चेक करने के बाद आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हमको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है डिस्टिक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर विलेज जो भी विलेज है आपका शहर है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है इसके बाद सिलेक्ट डेट तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको अपनी जन्म तिथि दर्ज कर देना है कि ये पूछ रहा है कि आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं तो यहाँ पे आपको जन्म से है तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर दें सेलेक्ट करने के बाद आप ये देख सकते हैं नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट ये अपने आप ही आ जाएगा यहाँ पे बस अब आपको अपना प्लेस दर्ज करना है जो भी आपका जिला है वो यहाँ पर दर्ज कर दें दर्ज करने के बाद डन इस डन पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप डन पर क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्म आ जाएगा जो आपने भरा है वो पूरा फॉर्म इस पर आ जाएगा तो अब इस फॉर्म को आप अच्छी तरह से चेक कर लें चेक करने के बाद जहाँ पे भी गलती हो तो अभी आप करेक्शन भी कर सकते हैं और चेक करने के बाद ये कंफर्म इस कंफर्म पे आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ देर यहाँ पे रिफ्रेश होगा रिफ्रेश होने के बाद अब आपको यहाँ पर एक रिफ्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर थैंक यू का एक मैसेज आ चुका है योर अप्लीकेशन हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली देख सकते हैं ये एक रिफ्रेशन आईडी डी जनरेट हो गई इस आप रिफ्रेशन आईडी को कॉपी करके रख भी सकते हैं और इसके बाद आप ये ओके इस पर आप क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं ये आप अब मेनू पे आ चुके हैं तो अब आपको यहां पे जो भी रिफ्रेशन नंबर आपने कॉपी किया है यहां पर आकर आप देख सकते हैं यहां पर स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन यहां पर अब आपको आके चेक कर लेना तो आप यहां पर जितने भी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये यहां पर दिखेंगे तो अभी हमने जो फॉर्म अप्लाई किया है तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो रिफ्रेशन नंबर हमने आईडी जो रिफ्रेशन आईडी हमने कॉपी करी थी वो यहाँ पे डाल दी है डालने के बाद ट्रैक स्टेटस इस पर हमको क्लिक कर देना है क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो जो नाम से हमने ये भरा था वो फॉर्म नंबर छः है उत्तर प्रदेश का है जो जिला है वो जिला यहाँ पर आ जाएगा और सबमिट डेट जिस डेट को हमने जितनी समय किया है तो ये यह यहाँ पर छप करके आ जाएगा तो अब आप इसको देख सकते हैं कि ये आपका बीएलओ अपॉइंटमेंट फिर उसके बाद फेल्ड वेरीफाई फिर एक्सेप्ट रिजेक्ट ये चार स्टेप में जाएगा तो अभी हमने सब्मिट कर दिया है तो ये आप देख सकते हैं हरे कलर से हो गया है इसके बाद जब ये यहाँ से बीएलओ के पास पहुँचेगा तो ये हरा हो जाएगा तो इसी तरीके चारों स्टेप हरे हो जाएंगे तो आपका पहचान पत्र बन जाएगा और आपका एक ई नंबर जनरेट हो जाएगा उस ई नंबर से आप अपने पहचान पत्र को डाउनलोड भी कर सकते हैं तो वो हमने वीडियो डाउनलोडिंग का हमने बना दिया आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों